हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमनदीप आपके लिए ले, लेकर ले आई हूं पेपर थर्ड जो राजस्थान का इतिहास है वो आपको पढ़ा रही हूं तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है डायनेस्टी मेजर डायनेस्टी तो देखिए जो राजस्थान का इतिहास है उसमें दो ही मेजर डायनेस्टी हैं और बहुत सारी हैं लेकिन दो ही हैं मेजर डायनेस्टी एक तो है मेवाड़ दूसरा है माड़वाड़ पहला कौन सा है मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़ देखिए अगर हम मेवाड़ की बात करें ठीक है मेवाड़ की बात करें तो अगर मेवाड़ का जो हिस्सा है वो किस तरफ आता है ठीक है जो राजस्थान का जो अगर हम मैप देखें देखिए हम छोटा सा राजस्थान बनाते हैं जैसे राजस्थान का थोड़ा एक छोटा सा मैप बनाएं इस तरीके से रफली हम देखें तो जो दक्षिण का इलाका है राजस्थान का वहां पर मेवाड़ जो रियासत थी मेवाड़ रियासत वहाँ पर थी और जो पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पर मारवाड़ रियासत थी ठीक है तो मेवाड़ रियासत में आपके सलेबस में ये भी है कि कौन कौन से वंश हुए ये सारे 1000 से लेकर 1800 तक है ये सारे वंश हुए ठीक है उसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वंश हुए हैं कौन कौन से राजा हुए हैं ठीक है ठीके? ये सब विशेषताएँ सब उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं ये सब चीज़ें हमें किस में पढ़ना है मेवाड़ में और मारवाड़ दोनों में इनमें पढ़ना है ठीक है और इसके अलावा बहुत सारे छोटे-बोटे रियासतें भी थी यहाँ पर लेकिन जो बड़ी रियास्तों के हम, अगर हम बात करें तो है पहला है मारवाड़ और दूसरा है पहला है मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़ ये दोनों ही रियासतें महत्वपूर्ण रियासतें थी ठीक है तो आज हम शुरू करेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे तो आइए हम शुरू करते मेवाड़ मेवाड़ रियासत देखिए मेवाड़ रियासत का मैंने आपको स्थिति बता दी इस समय जो वर्तमान समय में जो स्थिति है इसकी वो है अगर हम देखें तो उदयपुर राजसमंद ये सारे जिले हैं राजसमंद चित्तौड़गढ़ भील तो आपको ध्यान रखना है देखिए पहले क्या था मेवाड़ एक तरह से अलग से देश था रियासत थी इसके अलग अपने कानून थे इसकी व्यवस्थाएं अलग थी ठीक है इस समय हम जो देख रहे हैं कि भारत एक एकत्रित मतलब पूरा संगठित राज्य है संगठित देश है ठीक है और इसमें बहुत सारे राज्य हैं यूपी है एमपी है ठीक है थेके? गुजरात है महाराष्ट्र ये सारे हैं लेकिन उस समय की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मेवाड़ एक तरह से अलग रियासत थी अलग देश था मारवाड़ अलग से देश था ठीक है तो ये जो अब आज के सिनेरियो में हम देखें जो मेवाड़ डायनेस्टी है आज के सीनारी में देखें तो उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इसके आस ये रियासत थी देखिए उस समय क्या होता था जितने भी राजा युद्ध करते थे उनका देखो ये समय जो है युद्धों का समय है तो राजा क्या करते थे विस्तार करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे ये अपनी डायनेस्टी को क्या करना चाहते थे बढ़ाना चाहते थे इस समय तो हम उन्हीं को हम इतिहास में पढ़ते हैं ठीक है अगर हम मेवाड़ की बात करें तो हमारा ये आ जाएगा कि इन इन, इन इलाकों पर जो वर्तमान में जो इलाके हैं राजस्थान के जो ज़िले हैं उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ और भीलवाला इन इलाकों के आसपास ये मेवाड़ रियासत थी ठीक है प्राचीन काल में अगर हम मेवाड़ का प्राचीन नाम देखें तो मेवाड़ को प्राचीन में क्या कहा जाता था मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो है मेदवाड़ इसको प्रागवाड़ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है मेदवाड़ और प्रागवाड़ ठीक है ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है तो प्राचीन नाम क्या है मेदवाट और प्रागवाड़ है अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे एक शासक हुआ था गुहिल गुहिल वंश इसने चलाया था इसे गुहादित्य भी कहते हैं तो मेवाड़ का अगर आपसे पूछे तो पहला जो वंश है वो कौन सा है गुहिल वंश है सबसे प्राचीन वंश जो है गुहिल वंश है इसकी संस्थापक कौन था स्वयं गुहिल थे ठीक है इनको गुहादित्य भी कहा जाता है गुहादित्य के नाम से भी आ जाता है माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो गुफा में हुआ था इसलिए इनको गुहादित्य कहा जाता है ठीक है तो मेवाड़ का हमारा पहला जो वंश हुआ गुहिल वंश हुआ संस्थापक कौन हुए गुहिल हुए ठीक है अब देखिए इसकी जानकारी कहाँ मिलती है एक अभिलेख है सामोली अभिलेख सामोली अभिलेख शिलाित्य का अभिलेख है किसका अभिलेख है शिलादित्य का देखिए जो ये सामोली अभिलेख है शिलादित्य का अभिलेख है इसमें यह शिलादित्य ने स्वयं को स्वयं को पांचवा वंशज बताया है है कि मैं गुहिल वंश का किसने बताया है शिला दित्ते ने। और अगर हम इसके समय की बात करें, तो ये हमें मिला है अभिलेख सौ ईसवी से ठीक है, ईसवी से हमें ये सामोल, सामोली अभिलेख मिला है इसका मतलब है कि ये पांचवां तो इससे पहले के राजा कौन हुए थे इनका भी नाम इसमें इस अभिलेख में जो दिया गया है ठीक है ये छः है अब देखिए अब इसका समय हमें मिलता नहीं है लेकिन अगर हम इसका समय अगर छः से काउंट करें तो आगे के जो चार राजा हैं वो 20-20 साल भी अगर राज्य करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा देखिए जो इसके बाद है गुहिल के बाद एक राजा हुए थे नाग फिर भोज महेंद्र फिर ये शिलादित्य है ये पाँचवें नंबर पर है पहले नंबर पे तो गुहिल आ गए ठीक है गुहिल आ गया तो इसका हम मान लेते हैं पाँच मिलता है इसका जो समय मिलता है पाँच ईसवी मिलता है ठीक है और इसका हमें मिलता है पाँच अगर हम 20 साल का अंतराल हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 20 साल ये इसमें 20 साल जोड़े तो 606 ईसवी का बनता है ये और ये बनता है छः सौ का और इसमें बीस साल जोड़ते हैं तो देखिए छः सौ आ जाता है इस तरह हमें आ, समय की जानकारी मिलती है कि गोहिल का समय है पाँच सौ ईस्वी रहा होगा पाँच सौ ईस्वी में ये रहे होंगे ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि सामोली अभिलेख जो है जो सामोली अभिलेख है वो उससे जानकारी मिलती है मेवाड़ का जो प्राचीन वंश है उसकी जानकारी हमें सामोली अभिलेख से मिलती है किसका अभिलेख है शिलादित्य का अभिलेख है ठीक है इसके बाद में जो एक और राजा हुए इसके बाद के देखो दे बप्पा रावल इसके बाद के जो राजा हुए वो हुए बप्पा रावल ठीक है देखिए माना जाता है कि बप्पा रावल जो थे ये नागदा में रहते थे ये नागदा ये उदयपुर के आसपास मैंने आपको बताया था पहली पहली क्लास में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद राजसमंदीलवाड़ा के आसपास है ये मेवाड़ रियासत ठीक है अभी वर्तमान में नागदा उदयपुर के आसपास है ये वाला इलाका ठीक है तो नागदा जो है वहां पर रहते थे एक ऋषि थे ऋषि हरित ऋषि हरित की गायों को चराते थे बप्पा रावल के विषय में यही जानकारी मिलती है कि एक ऋषि थे यहाँ ऋषि भी रहते थे नागदा में और ऋषि का नाम है ऋषि हरित ठीक है वो उनकी गायों को चराते थे तो एक बार क्या हुआ ऋषि ने इनको वरदान या आशीर्वाद दिया इनको एक वरदान दिया कि तुम चित्तौड़ पर अधिकार करोगे और तुम्हारा चित्तौड़ पर शासन होगा तो बप्पा रावल को लगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई सेना ही नहीं है मैं कैसे चित्तौड़ पर अधिकार कर सकता हूँ ठीक है देखिए उस समय क्या हुआ उस समय का अगर हम आप सिनेरियो बताऊं तो 712 ईसवी के आसपास अगर हम चलते हैं तो उस समय यहां पर भारत में क्या है जो छोटा सा हम भारत बनाएं देख ली रफली हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो इस क्षेत्र है ये पश्चिमी जो इलाका है यहाँ से क्या हो रहे थे उस समय आक्रमण हो रहे थे कैसे अरबी आक्रमण आक्रमण तुर्की आक्रमन उस समय हो रहे थे देखिए 712 मैंने आपको बताया कि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक अरबी आक्रमणकारी था उसने आक्रमण किया सबसे प्रथम आपने गजनवी का नाम भी सुना था होगा जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था इसके बाद 1000 हजार ईस्वी के आसपास वो आक्रमण करता है ठीक है गुजरात पर और फिर चित्तौड़ पर मतलब ये सब इलाके आसपास ही हैं ठीक है इधर की तरफ से पश्चिम का हमारा जो राजस्थान है पश्चिम में ही आता है तो इस पश्चिम की तरफ से ही क्या हो रहे हैं आक्रमण हो रहे हैं इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए जैसे अगर प्राचीन काल इससे भी प्राचीन की बात करें तो कुषाण आक्रमण हुन आक्रमण भी हुए ठीक है ये सारी विदेशी जातियाँ थी तो अरबी आक्रमण हो रहे हैं यहाँ पर इसके बाद तुर्की आक्रमण भी हो रहे हैं तो यहाँ पर चित्तौड़ में एक राजा है इनको वरदान दिया था ऋषि हरित ने कि चित्तौड़ पर क्या करेगा चित्तौड़ पर अधिकार या चित्तौड़ पर शासन ठीक है इस समय हम बात कर रहे हैं देखिए मैंने आपको ये कहानी बता दी कि यहां पर अरबी आक्रमण हो रहे हैं तुर्की आक्रमण हो रहे हैं और राजस्थान भी पश्चिमी प्रदेश है ठीक है उस समय का तो चित्तौड़ का एक राजा था मान मौर्य उस समय ठीक है इसी समय बपा रावल भी है यहां पर तो चित्तौड़ के राजा के जो मंत्री हैं वो बप्पा रावल के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा राजा इन आक्रमणों को नहीं रोक पा रहा है बहुत बार आक्रमण हो जा रहे हैं और हमारा जो राजा है इन आक्रमणों को रोकने में असमर्थ है ठीक है तो आप हमारे साथ चलिए चित्तौड़ चलिए आप हमारे साथ और इन आक्रमणों को आप रोकिए हमने आपके विषय में सुना है ठीक है तो अब बपरावल को ये जो इन्होंने वरदान दिया था ऋषि हरित ने तो ये फलीभूत होता नजर आ रहा है यहाँ पर ठीक है कि बिना एक सेना के और किस तरह से ये चित्तौड़ पर अधिकार करता तो इन मंत्रियों की सहायता से क्या होता है ये चित्तौड़ का जो राजा है उस समय मान मौर्य है उस पर क्या करता है ये मतलब अधिकार कर लेता है आक्रमण करता है और अधिकार करता है तो ये चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार करता है हो गया आपको आक्रमण करके अधिकार हो गया बप रावल का अधिकार हो गया ठीक है अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि यह जो इस पर अधिकार तो कर लिया चित्तौड़ पर लेकिन यह अपनी राजधानी किसको बनाए रखता है नागदा को राजधानी तो कौन सी रहती है नागदा राजधानी तो नागदा ही रहती है ठीक है अब देखिए अब यहां पर ये क्या करता है नागदा में ही नागदा में क्या करते हैं बप्पा रावल के द्वारा एक एकलिंग जी का एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जाता है ठीक है तो नागदा में ही ये क्या बनाते हैं एकलिंग जी का मंदिर बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था ठीक है ध्यान आप पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है नागदा में है और कहाँ पर बनाया गया और कहाँ पर बनाया गया नागदा में और कौन सा मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर है ठीक है अब इन इन्होंने क्या किया कि ये बोलते थे एकलिंग जी का मंदिर किसका मंदिर है ये भी ध्यान रखिएगा शिव मंदिर है ये ये शिव मंदिर एकलिंग एक एकलिंग किसको कहा जाता है शिव शिव को ही शिव को ही कहा जाता है एकलिंग जी ठीक है तो ये शिव मंदिर यहाँ पर बनाया जाता है किन द्वारा बब्पा रावल के द्वारा ठीक है और यहां पर इनके द्वारा एक और चीज की जाती है यहाँ पर महत्वपूर्ण इनके द्वारा ये एकलिंग जी को अपने आप को ये एकलिंग जी के दीवान कहते थे स्वयं को ये क्या कहते थे एकलिंग के दीवान कि हम राजा नहीं हैं हम तो एकलिंग के क्या हैं दीवान है, दिवा, है। एकलिंग जी के हम क्या हैं दीवान हैं स्वयं को देखिए अब राजस्थान की हम बात करें तो अगर हम जयपुर की बात करते हैं या आमेर के जो कछवाहा शासकों की बात करें तो वो स्वयं को बोलने ही बोलते थे राजा वो बोलते थे कि हमारे जो इष्ट जो उनष्ट को क्या बोला करते थे वो राजा बोला करते थे अगर हम पूछें कि कछुआहा अपने आप को राजा न बोल के वो बोलते थे कि हम तो गोविंद जी गोविंद देव जी हैं उनके क्या हैं दीवान हैं हम उनके उनके लिए काम करते हैं यहाँ पर ठीक है तो इसी तरीके से बप्पा रावल क्या कहते थे हम एक जी के दीवाने है देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अपने आप को एक जी के दीवान किस वंश के राजा कहा करते थे तो ये बप्पा रावल थे ये कहा करते तो इसी इनके सारा जो वंश आगे तक जो पीढ़ियाँ हैं वो भी स्वयं को क्या कहा करती थी एक का दीवान ही कहा करती थी ठीक है ये क्लियर है तो हमें समझ में आ गया कि बप्पा रावल जो थे देखिए बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था ना बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज ये रावल जो है ना एक तरह से उपाधि थी टाइटल था ये इनका टाइटल था बप्पा भी एक तरह से टाइटल है रावल देखिए जो बप्पा जो है ये गुजरात से आया है देखिए जो बप्पा या बापू बोला जाता है देखिए गांधी जी को बापू बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं था उस समय बापू की उपाधि थी कि वो यहाँ वृद्ध थे वृद्ध व्यक्ति को नहीं दिया जाता बापू उस सम्मानीय व्यक्ति को बोला जाता है ठीक है है बोला जाता सम्मानीय व्यक्ति को बोला जाता है गुजरात में ठीक है तो बापू से ये बप्पा बप्पा करके चला आया है और रावल भी इन्होंने अपनी एक टाइटल लिया था उपाधि ली थी इन्होंने ठीक है इसलिए इनको बप्पा रावल नाम इनका नाम किसे जाना जाता है इनको लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था कालभोज था इनका वास्तविक नाम ठीक है तो ये ऋषि हरित के जो गायें को चराते थे इन्होंने क्या किया इनको वरदान दिया ऋषि हरित ने देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे कि ऐसे कौन से राजा को हरित ऋषि ने वरदान दिया था जिसके बाद उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया तो ये हरित ऋषि थे आपको ध्यान रखना ये चीज़ और कौन से राजा को हरा के बने थे ये ठीक है तो कौन से राजा है मान मौर्य राजा मान मौर्य को हरा के किस पर अधिकार किया था चित्तौड़ पर और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे बनाया था नागदा में बनाया था और स्वयं को ये क्या कहते थे एकलिंग जी के दीवान कहा करते थे एकलिंग जी शिव जी का मंदिर है आप सब जानते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ये कौन से समय की बात है ये 734 सौ ईस्वी की बात है जब यह चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं ठीक है सात में ये आक्रमण करते हैं ठीक है आगे बढ़े इसके बाद में जो दूसरा राजा है आता है हमारा अलहटी दूसरा राजा है इस राजा को आलू रावल भी बोला जाता है देखो, रावल यहां पर आपको पहले बता दिया। शायद ये बचपन का नाम हो ये जब बचपन में होंगे तो आलू की तरह गोलमटोल होंगे इस तरीके से काफी हस्तपुष्ट होंगे इसलिए इनको आलू रावल बोला जाता होगा ठीक है अलहट जो है इनके विषय में आता है इन्होंने आहड़ आहड़ भी एक जगह है उदयपुर के आसपास आहड़ को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया इन्होंने क्या किया आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया क्या किया इन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया पहली राजधानी कौन सी है नागदा ही है ठीक है अब देखिए इन्होंने क्या किया आहड़ में आहड़ में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने किसका निर्माण कराया इन्होंने आहड़ में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने देखिए वरहा मंदिर किसका मंदिर है यह है विष्णु जी का मंदिर है विष्णु मंदिर है और देखिए बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर बनवाया था नागदा में ये कहाँ बनवाया है आहड़ में बनवाया है और बप्पा रावल ने कहाँ बनवाया था नागदा में बनवाया था एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था ये विष्णु जी का मंदिर है देखो जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो सारे वैसे शिवभक्त थे लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने विष्णु के मंदिर नहीं बनवाए ठीक है तो ये आहड़ में इन्होंने बराहा का मंदिर बनवाया जो विष्णु का विष्णु के जो अवतार हैं बराह है मत्स्य है ठीक है वो सारे अवतार हैं उसमें से बरा भी एक तरह से अवतार है ठीक है विष्णु का मंदिर आप सब जानते होंगे इसको ठीक है आहड़ में इन्होंने बरहा मंदिर बनवाया देखिए आहड़ में जो इन्होंने बरहा मंदिर बनवाया इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है सारणेश्वर सारणेश्वर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है उदयपुर में एक शिव मंदिर है उदयपुर में एक शिव मंदिर है वहां पर एक प्रशस्ति रखी हुई है उसमें लिखा हुआ हुआ है कि अलहड ने आहड में एक वरा मंदिर बनवाया था ठीक है जो इसके बाद अभी ये नहीं है नष्ट हो चुका है लेकिन आहड़ में इन्होंने एक वरा मंदिर बनवाया था तो इसकी जानकारी हमें सारनेश्वर मंदिर से मिलती है सार, सारनेश्वर प्रशस्टी से मिलती है जो कहाँ पर है उदयपुर में एक शिव मंदिर है ठीक है देखिए शिव मंदिर है लेकिन वरा जो मंदिर की जानकारी आपको दे रहा है ठीक है अब इसके बाद में इन्होंने एक काम और किया एक रा, राजकुमारी का नाम आता है हरिया देवी देखिए हरिया देवी से विवाह हम इसको ये विशेष क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हरिया देवी जो थी ये हुन राजकुमारी थी देखिए मैंने आपको बताया कि हुन जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे ठीक है हमारे जो भारत की विशेषता है चाहे मुस्लिम आ जाए चाहे कोई से भी विदेशी लोग आ जाए हमारी जो सभ्यता उनको मतलब मिला लेती है अपने में हमारी जो संस्कृति ऐसी है कि वो यही मतलब मिल जाते हैं घुल मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अलहट का विवाह राजकुमारी से हुआ था ठीक है तो अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ क्योंकि यहाँ के नहीं थे हु की राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह हुआ और हरिया देवी ने एक हर्षपुर नाम से एक नगर भी बसाया था हर्षपुर नाम से एक गाँव था ठीक है उस समय गांव ही वो करते थे तो एक गांव बसाया था नगर बसाया था ध्यान रखिएगा ठीक है और अगर हम पूछे कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह था वो तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश का जो राजा था उसने किया था यवन राजकुमारी हेलना के साथ किया था तो राजस्थान की बात करें तो हरिया देवी के साथ किसने विवाह किया था अलहड ने विवाह किया था ठीक है इसके बारे में इतना ही आता है इतने इसके बारे इनके बारे इनके में इतनी जानकारी मिलती हाँ, एक बार और है इनमें इन्होंने नौकर इन्होंने नौकरशाही नौकरशाही नौकरशाही को शुरू किया देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम नौकरशाही को शुरू करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे तो कौन है अलहट थे मतलब इन्होंने क्या किया अपने प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं जैसे आई ए हो गए वर्तमान में हम देखें आरएस एस हो गए ये सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो नौकरशाही को जन्म देने वाले कौन थे अलहट थे इन्होंने नौकरशाही को मतलब अपने जो साम्राज्य अपने जो राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति इन्होंने प्रारंभ करना स्टार्ट किया अब देखिए इसके बाद में जो एक राजा आते हैं वो है जेत्र सिंह जेत्र सिंह इस समय इनके सा, इनका हमें समय मिल जाता है आगे का हमें समय नहीं दिखाई देता ठीक है देखो जेत्र सिंह के समय मैंने आपको बताया था कि भारत है ठीक है ये भारत है यहां पर दिल्ली है ठीक है और राजस्थान इस तरफ है पश्चिम की तरफ राजस्थान है तो इनके समय में एक युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध कौन सा युद्ध भूताला का युद्ध ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भूताला का युद्ध किस किसके युद्ध मध्य हुआ तो दिल्ली में यहां पर एक सुल्तान है इलतुतमिश जब इनका समय है तो दिल्ली में कौन है इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश वर्सेस जेत्र सिंह इनका युद्ध होता है बारह सो ईस्वी में जिसे कहा गया भूताला का युद्ध ठीक है तो भूताला का युद्ध होता है इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य होता है बारह सौ ईस्वी में ठीक है तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया जाता है नागदा पर आक्रमण किया जाता है ठीक है नागदा पर आक्रमण किया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो इल्तुत्मिश की सेना हार जाती है और उसको मतलब जेत्र सिंह की जो सेना है वो भगाती है उसके पीछे मतलब वो आगे आगे भागते हैं वो पीछे मतलब बहुत भागती है वो कौन सी सेना जो इल्तुत्मिश की सेना और भागते हुए क्या करती है वो नागदा को लूटती है नागदा को क्या करती है लूटती है इल्तुतमिश की सेना मतलब हार जाती है लेकिन भागते भागते क्या करती है कि जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के जो भी उनका सामान है जो भी वहाँ की जो फसलें हैं उनको ख़राब करके इस तरीके से चली जाती है तो नागदा जो है इस समय नष्ट हो जाता है नागदा क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है तो कौन सा युद्ध में नागदा नष्ट हो जाता है भूताला के युद्ध में जो इल्तुतमिश और जेत सिंह के मध्य हुआ बारह सौ ईस्वी में इल्तुतमिश कहाँ पर है दिल्ली का सुल्तान है इस समय ठीक है क्योंकि यहां पर अभी सल्तनत काल आ चुका है आपने मोहम्मद गौरी का नाम तो सुना होगा मोहम्मद गौरी के बाद में उसका एक गुलाम होता है एबक एबक का गुलाम है इल्तुतमिश वो यहाँ पे राजा बनता है मैंने आपको बताया कि सारे यहाँ से आक्रमण हो रहे हैं ठीक है तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है और इसके बाद में पर भारत में तुर्क राज्य मतलब तुर्क जो शासन है वो स्थापित हो जाता है मोहम्मद गौरी वो कर लेता है मतलब तराइन का युद्ध जो होता है वो आपको हम जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे तब तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो इल्तुत्मिश इस समय राजा है और इल्तुत्मिश और जयद्र सिंह के मध्य युद्ध होता है जिसमें इल्तुत्मिश की बहुत बुरी हार होती है उसकी सेना को यहाँ से भागना पड़ता है और भागती हुई सेना क्या करती है नागदा को लूटती है नागदा को तहस नहस कर देती है नागदा को ख़राब कर देती है बर्बाद कर देती है ठीक है इसके बाद में क्या होता है जो जेत सिंह होता है वो राजधानी यहाँ आपसे ट्रांसफ़र कर लेता है तो राजधानी किसको बनाया जाता है चित्तौड़गढ़ को इसी कारण राजधानी किसको बनाया जाता है चित्तौड़गढ़ देखिए चित्तौड़गढ़ आपको पता चित्तौड़ का जो किला है वो काफ़ी मजबूत है तो उसने सोचा कि अब ऐसे कोई भी हमारी राजधानी को लूट के चला जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है स्वाभाविक बात नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि हमारी राजधानी कुछ ऊँचे ऊँचे ऐसे जगह पर बसाएँ कि जहाँ अगर कोई आक्रमण भी करे तो आसानी से आक्रमण ना कर पाए ठीक है तो इसने क्या किया चित्तौड़ को चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया किसने जय सिंह ने ठीक है देखिए आगे जो राजा आता है वो है रतन सिंह देखिए रतन सिंह का नाम आपने सुना होगा बहुत बार 1302 से 1303 के मध्य में रतन सिंह आपसे आपके एग्जाम में पूछा भी गया है आपके सिलेबस में है भी रतन सिंह के बारे में तो रतन सिंह जो है ये 1302 से 1303 में मतलब जेत सिंह के बाद उसके समय का नहीं मिलता इतना राजाओं के नाम जो महत्वपूर्ण राजा ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो रत्न सिंह आते हैं तो रत्न सिंह का कब है काल 1302 से 1303 आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है तो दिल्ली का जो सुल्तान बनता है खिलजीवंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है रतन सिंह के समय में ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है इस समय रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है आपने पद्मिनी का नाम तो सुना होगा अभी एक मूवी भी आई है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 में चित्तौड़ पर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है क्योंकि चित्तौड़ में ही है राजधानी तो चित्तौड़ के किले पर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कब करता है 1303 में कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जो है आपको स्पेशली दिया हुआ है आपके जो सिलेबस है कि ये राजपूत और मुस्लिम जो है विरोध के बारे में आपको दिया हुआ है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है 1303 में जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है ठीक है तो इसमें क्या होता है रतन सिंह की हार होती है इसमें क्या होती है रतन सिंह की हार देखिये यहां पर एक गोरा और बादल दो तो सेनापति हैं आपसे पेपर में पूछा जाएगा गोरा और बादल कौन थे किससे संबंधित है किस, किस युद्ध से संबंधित है जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो गोरा और बादल सेनापति मारे गए थे इस युद्ध में ठीक है रतन सिंह की यह हार होती है तो आपने नाम सुना होगा जोहर केसरिया साका तो यहां पर चित्तौड़ का पहला साका होता है चित्तौड़ का साका देखिए साका का मतलब यहां यह है कि जब ये हार जाते थे जब उनको पता लगता था कि हम अब ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो जोहर जो होता था वो तो करती थी महिलाएं ठीक है और एक आपने नाम सुना होगा केसरिया जौहर प्लस केसरिया को मिला के क्या कहा जाता है साका देखिए केसरिया पुरुष करते हैं और जोहर कौन करते हैं महिलाएं करती हैं ठीक है जौहर महिलाएं करती हैं ये क्या करती हैं आप जो सती मतलब जैसे सती होता है मतलब आ, मतलब ये आग में अपने आप को मतलब प्राण मतलब दे देते थे ठीक है तो ये जौहर तो हो गया आ, स्त्रियों द्वारा करना और केसरिया क्या होता है ये कि जलती हुई ज्वाला में मतलब अग्नि में ये अपने आप को समाहित कर लेते थे क्योंकि अब उनको पता लग गया था कि हम अलाउद्दीन खिलजी से इतनी बड़ी सेना है हम नहीं जीत सकते तो रतन सिंह के साथ बहुत सारे पुरुष भी चित्तौड़गढ़ में मारे गए थे मतलब उन्होंने जौहर केसरिया किया था और पद्मिनी जो थी रानी इनकी आपने नाम सुना होगा पद्मिनी मौ, मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत लिखा उसमें इनकी जानकारी मिलती है पद्मिनी की तो उनके साथ मिलकर सोलह सौ थी यहाँ पर सोलह सौ सो, जो स्त्रियां थी ही थी ठीक है उन्होंने इनके साथ दो मिलकर अग्नि में समाहित हो गई थी ठीक है तो ये चित्तौड़ का पहला साका माना जाएगा इस समय तो इस समय यहाँ देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो आक्रमण किया इसका बहुत सामरिक महत्व भी, भी है क्योंकि देखिए इसको आ, मालवा यहाँ पर एक जगह थी अगर इसको मालवा जाना है मालवा उस समय काफ़ी एक तरह से उपजाऊ प्रदेश था अगर उसको मालवा को लेना है तो मेवाड़ से होकर जाना पड़ेगा अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे और अगर इसको गुजरात की तरफ भी जाना है तो आ, मेवाड़ से होकर ही जाना पड़ेगा तो मेवाड़ को जीतना या चित्तौड़गढ़ का किला जीतना भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया था कहा जाता है कि पद्मनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने तौर पर आक्रमण किया था बट ऐसा नहीं है ये सिर्फ कहानियों में लिखा है लेकिन जो इसका महत्वाकांक्षा थी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी उसको बल ज्यादा दिया गया है ठीक है ऐसा नहीं है एक मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी उन्होंने पद्मावत, पद्मावत ग्रंथ है उनका उसमें इनकी जानकारी दी इसके अलावा किसी ने ये जो घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनि को प्राप्त करने के लिए ऐसा आक्रमण किया ऐसा वर्णन और किसी इतिहासकार ने नहीं दिया सारे यही बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और ये मालवा और गुजरात पर अधिकार करना चाहता था उस पर कंट्रोल रखना चाहता था क्योंकि उस समय क्या था मालवा क्या है अच्छा दुआ दुल क्षेत्र था बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था तो उसको अगर ये अपने कब्जे में करता तो क्या होता वहाँ पर टैक्स देखो जहाँ पर भी अच्छी उपजाऊ भूमि होती है तो वहाँ से टैक्स इजीली हम ले सकते हैं और वहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी इसको क्या होता है लाभ होता है इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को पर आक्रमण किया और इसकी दूसरा है कि साम्राज्यवादी नीति नीतिविधि लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी है पदमावत ग्रंथ उन्होंने लिखा उसमें पद्मनी के विषय में बताते हैं और पद्मी के विषय में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया और एक बोला जाता है कि राघव चेतन नाम का कोई मंत्री था रतन सिंह का उनके कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अ, मतलब उनकी सुंदरता के बारे में प, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में विषय में बताया और वो उसको देखना चाहते तो इस कारण भी ऐसा माना जाता है लेकिन आपको यही याद रखना है कि बस मलिक मोहम्मद जैसी ने पदमावत ग्रंथ लिखा था और पद्मनी के बारे में उसमें जानकारी मिलती है ठीक है अब देखिए इन इनके इस युद्ध में क्या क्या हुआ इस युद्ध में जब इसको जीत लिया गया तो एक खिजर खां यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का जो किया है वो जीत लिया तब मतलब क्या हुआ खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसको यहाँ पर मतलब जो इसका शासन है मतलब चित्तौड़गढ़ में आ, बिठा दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया इसी के नाम पर खिज्र खां के नाम पर ही क्या रख दिया खिजराबाद रख दिया अगर हम अब अग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो तेरह में तेरह में जब चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर भी आक्रमण किया हम आगे पढ़ेंगे इसको तो जालौर पर भी आक्रमण किया 1311 में यहां के एक राजा थे कान्हड़ देव सोनागरा सोनगरा सॉरी कान्हड़ देव सोनगरा ठीक है तो इस पर जब आक्रमण किया इन्होंने भी केसरिया कर लिया लेकिन इसका एक भाई था मालदेव सोनागरा सोनगरा ठीक है अब ये क्या होता है कि किसी आ, मतलब बच निकलते हैं तो इनको ये ज़िंदा पकड़ लेते हैं मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मालदेव सोनागरा को जिंदा पकड़ लिया जाता है ठीक है तो ये बोलते हैं कि ऐसा करो कि अब हम आपको मारेंगे नहीं क्या करेंगे आप ऐसा कीजिए कि चित्तौड़ पर आप अपना अधिकार कर लीजिए चित्तौड़ पर आप रह लीजिए चित्तौड़ पर क्या करो आप अपना अधिकार कर लो ठीक है तो मतलब चित्तौड़गढ़ हम आपको देंगे आप हमारे अंडर में रहिएगा खिचरका क्या था खिच्रखा जो था वो चित्तौड़गढ़ में नहीं रहना चाहता था ऐसा माना जाता है क्योंकि वो काफ़ी दूर था वो अपने ही मतलब अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहना चाहता था ये ये तेरह के समय में दिया देखो 1303 में तो यहाँ अब तक रहे 1303 से लेके 1311 तक तो खिचरका यहाँ पर ही रहे चित्तौड़गढ़ में ही रहा लेकिन जब जालौर को जीत लिया तो मालदेव सोनागरा था जो काहनड़ देव सोनगरा का जो भाई था उसको क्या कर लेते हैं ये कब्जे में कर लेते हैं और ये कहते हैं कि तू हमारे अंडर में रहना और हम तुझे चित्तौड़गढ़ दे देंगे उसकी जो संभाल है आप उसकी जिम्मेदारी संभाल लेना ठीक है किसको कहता है अलाउद्दीन खिलजी कहता है सोनागरा को जो सोनगरा को मालदेव सोनागरा सोनगरा को और फिर ये खिलजी है जो खिचरखा है ये पुनः कहाँ लौट जाता है दिल्ली में लौट जाता है ठीक है और खिचरखा यहाँ पर क्या करता है गंभीरी नदी है यहाँ पर चित्तौड़ में गंभीरी नदी वहाँ पर एक पुल भी बनाता है गंभीरी नदी के पास में क्या बनाता है एक पुल बनवाता है गंभीरी नदी पे पुल बनाता है और एक काम और करता है यहाँ पर मकबरा भी बनाता है चित्तौड़गढ़ में एक मकबरे का निर्माण भी करता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने तेरह में यहाँ पर आक्रमण किया तेरह में आक्रमण किया और यहाँ पर गोरा और बादल दो सेनापति मारे गए देखो गोरा और बादल का संबंध किस से है तो पूछा जाएगा रतन सिंह से मालदेव से ऐसे राणा कुंबा से ऐसे करके ऑप्शन उप, आएंगे तो ध्यान रखिए कि गोरा और बादल दो सेनापति थे वो यहाँ मारे गए थे इस जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आप चित्तौड़गढ़ से संबंध हैं इनका ठीक है रणथम्बोर से पूछा जाएगा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो गोरा और बादल ठीक है ये इन्होंने एक नाम आता है हेम हेमचंद्र सूरी उन्होंने एक गोरा बादल की चौपाई गोराबादल री चौपाई नाम से एक इनपे ग्रंथ भी लिखा है ठीक है तो अब ध्यान रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी किताब लिखी है पद्मावत ग्रंथ लिखा है उसमें किसका वर्णन किया गया है पद्मिनी का वर्णन किया गया है खिजरखां यहाँ पर अधिकार कर लेता है खिजरखां जो अलाउद्दीन का पुत्र है वो इसको मतलब ये वाला पूरा शासन दे देता है चित्तौड़गढ़ का और उसको नाम बदल के क्या कर दिया जाता है खिजराबाद इसका नाम कर दिया जाता है खिजरखां द्वारा गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाता है और एक मकबरे का निर्माण कराया जाता है इसके बाद तेरह के समय में ये जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रदेश है चित्तौड़गढ़ जो है किसको दे दिया जाता है चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनगरा को यहां पर चित्तौड़गढ़ दे दिया जाता है ठीक है यहां तक आपको क्लियर है अब देखिए नेक्स्ट राजा कौन सा है नेक्स्ट राजा है हमीर नेक्स्ट राजा जो है हमीर है ठीक है हमीर देव के समय में क्या होता है देखिए एक देखिए नेक्स्ट जो राजा है वो है हमीर मीर देव के समय में एक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर में सिगोली का युद्ध होता है सिगोली का युद्ध ठीक है इनके मध्य में एक सिगोली का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसको ये हमीर देव हरा देता है मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है हार होती है इसमें ठीक है कौन सा युद्ध होता है सिगोली का युद्ध ये ध्यान रखना है छोटे छोटे युद्ध है ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में ठीक है इसी के समय में देखो हमीर को कहा जाता है कि इसने शिशोदिया वंश आपने पढ़ा होगा रावल शिशोदिया अपने मेवाड़ में पढ़ा होगा तो सिसोदिया वंश की स्थापना है की जो की थी सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी हमीर ने की थी देखिए ये शिशोदा ग्राम से आया था कौन से ग्राम से आया था शिशोदा ग्राम से देखिए शिशोदा ग्राम से आने के कारण ये क्या कहलाए शिशोदिया कहला, कहला देखिए इससे रतन सिंह के बाद में आपको समय नहीं बताया इसमें क्या हुआ कि शेम सिंह सेम सिंह के जो उत्तराधिकारी थे ठीक है इनको दो भागों में बांट दिया एक तो राणा और एक रावल ठीक है अब ये क्या हुआ कि जो रावल शाखा का अगर अंतिम अगर रावल शाखा का अंतिम अगर पूछे कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था वो था रतन सिंह अब देखिये इस वंश का तो अंत हो गया अब राणा जो है शाखा होती है इसमें से होता है हमीर ठीक है लक्ष्मण सिंह का पुत्र होता है ये आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो जो राणा शाखा का है जो शेम सिंह के पुत्र है वो एक को अलग गांव दे देता है और एक को दूसरा अलग गांव दे देता है देखिए इनके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है तो हमीर जो है यह शिशोदा गांव से आया था इसलिए इस वंश को क्या कहा गया शिशोदिया वंश तो शिशोदिया वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा हमीर कहलाएगा और इसके समय में एक युद्ध होता है सिगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद भी तुगलक के साथ हमीर देव का युद्ध होता है इसमें ठीक है आगे बढ़े ये है हमीर देव इसके बाद में आता है एक नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण राणा लाखा अब देखिए राणा सब चलेंगे अब राणा टाइटल चलेगा पहले कौन सा टाइटल चल रहा था रावल अब देखिए राणा चलेगा राणा लाखा देखिए राणा लाखा के समय में देखो राणा लाखा ने इतना सब कुछ कुछ नहीं किया राणा लाखा के समय में एक चीज एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जगह है, जावर है उदयपुर में वहां पे चांदी की खान अब यहां हम क्यों पढ़ रहे हैं चांदी की खान क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अब देखिए अगर यहां पे जो अब, चित्तौड़गढ़ में या हम मेवाड़ रियासत की जो हम बात कर रहे हैं तो जावर की खान यहाँ पर मिल गई है तो यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा लाभ होगा कि चांदी यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर तो इनकी चांदी चांदी हो गई एक तरह से तो हम इसलिए ये चीज़ को पढ़ रहे हैं कि जावर में जो राणा लाखा के समय में चांदी की खान मिली थी ठीक है इसके समय में एक बंजारे ने बंजारे ने पिछोला झील पिचोला झील का निर्माण करवाया कौन सी झील का पिचोला झील का निर्माण करवाया पिचोला एक गांव था उस समय तो इसी से ये पिचोला झील का नाम दे दिया गया ठीक है उस समय गांव हुआ करते थे तो बंजारे देखिए थे, थे, थे, थे, थे, थे, थे और एक जगह रुक जाते थे पंद्रह दिन रुक गए फिर आगे व्यापार किया आगे बढ़ गए तो ये घूम घूम कर व्यापार करते थे ध्यान रखना आप इनको घुमंतु व्यापारी भी बोलते हैं इनको घुमंतु व्यापारी आजकल तो कहीं भी चले जाते हैं ना गाड़ी को लेके जैसे आजकल आपको गाड़ियाँ भी देखेंगे बहुत सारे फूड फूड ट्रक्स भी मिलते हैं उस तरीके से लेकिन यहाँ उस समय जो बंजारे हुए थे अपना व्यापार कैसे करते थे घूम घूम कर व्यापार किया करते थे अब इस व्यापारी ने क्या किया एक तरह से व्यापारी हो गया तो अब सोचोगे कि बंजारों के पास बहुत अधिक पैसा होता था तो वो उन पैसों को अच्छे जगह पर यूज़ करना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया कि लोगों की जो जल की आपूर्ति हो इसलिए इन्होंने क्या किया पिछोला झील का निर्माण करवाया तो ध्यान रखिएगा कि बंचा एक बंजारे ने राणा लाखा के समय में राणा इलाका ने नहीं किया बंजारे ने किया था पिछोला झील का निर्माण किया देखिए हम अगर हम देखें तो बहुत सारी धर्मशालाएं वगैरह जो अब जितने भी जो अब हम देखते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल दूँ कि आजकल तो आपने प्याऊ का नाम सुना होगा कि लोग कुछ दान पुण्य भी करते हैं बहुत सारे सेठ होते हैं सेठ फलाना फलाना का प्याऊ इस तरीके से तो अब भी अब तो अब नहीं है लेकिन अब तो हम बिस्लरी का यूज़ कर लेते हैं लेकिन पहले जो क्या होता था प्याऊ पर निर्भर रहना पड़ता था पहले इतना यातायात भी नहीं होता था लोगों को एक जगह रुकना पड़ता उनको हर देखो पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कहा पर है ठीक है ऐसा माना जाता है कि जो एक नटनी थी वो पिछोला झील को पार नहीं कर पाई तो वो उसकी मृत्यु हो गई फिर इसके बाद में इसका नटनी का नट क्या होते हैं जो जो रस्सी पर चलते हैं वो जो खेल दिखाते हैं उनको नट बोला जाता है और नट की जो पत्नियां होती हैं स्त्री होगी वो नटनी कहलाएगी तो इसका चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है ये ध्यान रखना है आपको इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई इनका विवाह हुआ राणा लाखा का बूंदी की रानी से बूंदी की रानी देखो बूंदी के राजाओं को क्या कहा जाता था हांडा तो अगर बूंदी की रानी हुई तो हांडी रानी हो गई ठीक है हांडी रानी से विवाह हुआ ठीक है बूंदी की हांडी रानी से विवाह हुआ अब जब ये हांडी रानी जब चित्तौड़ में आती है तो लाखा जी इनसे पूछते हैं कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा ठीक है तो हाँ ये बोलती हैं कि बूंदी से अच्छा नहीं है ठीक है किला तो बूंदी का ही बहुत अच्छा है तो वो उनको फिर पूछता है कि सच, आप बताइए सही से बताइए कौन सा अच्छा है बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है तो बोलती है कि नहीं बूंदी ही अच्छा है हाँ आपका अभी चित्तौड़ भी अच्छा है लेकिन बूंदी ही सबसे अच्छा है अब जो राणा लाखा जी हैं उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रही कि चित्तौड़ गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ ही सबसे बड़ा होना चाहिए ऐसा क्यों कह रही है मेरी रानी तो उसने क्या किया कि आ, उसने बोला कि अब ऐसा करते हैं कि हम इस किले को ही जीत लेते हैं तो लाखा जी क्या करने लगे सब अपने जो जितने भी सेना वगैरह था उसको तैयार किया कि हम अब बूंदी पर अधिकार करेंगे क्योंकि तो बूंदी को ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छे तो हम उस चीज़ को हम ले लेंगे तो इस समय ऐसा हुआ करता था राजा इस तरह के हुआ करते थे एक छोटी सी बात को लेके युद्ध कर लिया करते थे उस समय ऐसा हुआ करता था तो बूंदी की जो रानी थी उसके कहने पर लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कह रही आपका चित्तौड़ ही बहुत अच्छा है बूंदी से लेकिन वो उसके दिल में लग जाती है बात किसके राणा लाखा के तो फिर क्या होता है वो बूंदी के लिए मतलब आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है अभी इनका विवाह हुआ है तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब सारे जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं वराणा लाखा को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है आप अपने ससुराल में इस तरीके से आक्रमण मत कीजिए ठीक है ये अच्छी अच्छी बात नहीं है ये अच्छा नहीं होगा संबंध खराब हो जाएंगे तो फिर क्या हुआ इन्होंने बोला कि ठीक है अब एक जो मंत्री थे या एक पुरोहित थे उन्होंने एक एक उनको योजना दी आप ऐसे कीजिए हम आपके लिए एक किला बनवा देते हैं बूंदी का तरह ही एक किला बनवा देते हैं कमरा बनवा देते हैं एक जगह बनवा देते हैं आप उसको ढा दीजिएगा ठीक है क्योंकि राणा लाखा ने बोला था कि अगर जब तक मैं बूंदी पर अधिकार नहीं कर लूँगा तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा इन्होंने एक तरह से कसम खाई थी इसी कारण क्या हुआ कि अब ये कसम को तोड़ने के लिए बूंदी पर अधिकार करना तो अनिवार्य हो गया तो उन्होंने इस कसम का जो इस जो इन्होंने लिए था जो प्रण लिया था उसका एक तोड़ निकाला पुरोहित जी ने तो ऐसा करते हैं हम आपके चित्तौड़गढ़ के बाहर ही थोड़ा आपके लिए एक बूंदी का नकली बूंदी बना देते हैं मतलब तो एक बूंदी का नकली किला बना देते हैं तो माना जाता है कि यहाँ पर हांडी रानी के साथ जैसे देखो उस समय क्या होता था कि जो भी बहन भाई या लोग जाते थे जब भी विवाह होता था एक जो सेविका के रूप में भी दासी भी भेज जाती थी और कुछ लोग भी जाते थे तो यहां पर हांडी रानी का जो एक भाई था कुंभा हांडा कुंबा हांडा कुंभा हांडा आ, कुंबा हांडा था वो क्या करता है कि जब ये नकली बूंदी जो बनाया होता है चित्तौड़गढ़ में इन्होंने तो उसको चित्तौड़गढ़ के पास में तो जब उसको ढाने के लिए जाते हैं राणा लाखा तो कुंबा हांडा जो है वो इसका विरोध करते हैं तो वो वहां जाके खड़े हो जाते हैं वो बोलते हैं कि आपने चाहे जो भी प्रण लिया हो चाहे हमारा बूंदी नकली हो और असली हो जब तक हांडा जीवित है हमारी चाहे नकली बूंदी हो चाहे असली तो उसको हमारे मतलब जब तक हम जिंदा हैं हमारी मृत्यु के बाद ही आप प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु तक नहीं प्राप्त कर सकते हम तक जब तक हम जीवित है प्राप्त नहीं कर सकते तो कुंभा हांडा को मारकर तो इन्होंने क्या किया कुा कुंभा हांडा को मारना ही था यहां पे तो कुंभा हांडा जो थे उनको मारकर नकली बूंदी पर अधिकार किया तो ध्यान रखिएगा नकली बूंदी क्या है नकली बूंदी पर अधिकार ठीक है तो इस समय कुंबा हांडा ने मतलब अपनी जान दी और नकली बूंदी को इन्होंने गिरा दिया और फिर उसके बाद में इनका प्रण टूट गया ठीक है इस तरीके से ये एक कहानी आती है इसी के समय एक और कहानी आती है एक और चीज़ है मैंने आपको बताया था एक, एक रियासत है मेवाड़ जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं राणा लाखा राणा लाखा की बात चल रही है राणा लाखा पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको एक दूसरी रियासत बताई थी मारवाड़ ठीक है वो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है इसी समय की घटना है कि मारवाड़ का इस समय रा, राणा चूंडा है ठीक है राजा जब राणा लाखा का समय है उस समय वहां पे कौन है राणा चूंडा अपन बाद में पढ़ेंगे राव चूंडा सॉरी राव चूंडा यहां पर राव चुंडा है ठीक है अब राव चुंडा के एक पुत्री है हंसाबाई और एक पुत्र है रणमल ठीक है और इसका एक पुत्र है राणा लाखा का पुत्र है राणा चुंडा ध्यान दीजिएगा राणा चुंडा यहाँ पर इस समय राजा है यहां पे, और ये क्या है राजकुमार है या युवराज है राजा कौन है राणा लाखा है ठीक है अब यहाँ की एक घटना होती है देखिए एक हंसाबाई के लिए जो है राव चूडा है वो एक योग्य वर्ग की तलाश कर रहे हैं अपने अपनी बेटी के लिए तो उनको पता चलता है कि जो राणा चूडा है ठीक है तो वो अविवाहित हैं तो क्या करते हैं कि अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो लेके जाते हैं इनके पास ठीक है हंसाबाई का जो रिश्ता करना है विवाह का जो क्या बोलते हैं उस समय क्या लेके जाते थे नारियल लेके जाते थे ठीक है शुभ विवाह में शुभ नारियल को शुभ माना जाता है तो यहाँ से जो पुरोहित है वो जाते हैं मेवाड़ में आ, एक नारियल लेके जब नारियल लेके वो उपस्थित होते हैं वहाँ पर तो जो राणा लाखा का जो स्वभाव अगर हम आप बताएं तो वो थोड़ा अफीम वगैरह खाते थे या मतलब इस तरीके की मतलब वो काफ़ी हसमुख प्रवृत्ति के भी थे और उन्होंने अफीम वगैरह खाई हुई तो जैसे वो लेके पहुँचते हैं तो दरबार चल रहा होता है इस तरह की घटना होती है दरबार चल रहा होता है तो राणा लाखा को बोलते हैं ये नारियल है आपके लिए ठीक है तो बोले कि इस समय मेरा विवाह मेरे लिए कौन रिश्ता लेके आ गया क्योंकि तो इस समय ये बहुत मतलब बुजुर्ग हैं तो मतलब मुठ बुड्ढे को कौन देगा मुझ मुठ के साथ कौन विवाह करने आ रहा है तो इस तरीके से सारी जो जो लोग होते हैं दरबार क्या होता है वो हंसने लग जाते हैं राणा लाखा पर कि राणा लाखा ऐसा कैसे सोच सकते हैं अपने विषय में जब राणा चो जो ये राणा चूंडा जिंदा है तो राणा लाखा ऐसे कैसे सोच सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जो चूंडा है उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे जो पिता का जो इस तरीके से उपहास कर रही है जो जनता है जो बैठे हुए हैं तो राणा लाखा ने ऐसा कह दिया है तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप जो पुरोहित जी होते हैं जो पुरोहित लेके आते हैं विवाह का रिश्ता तो बोल वो बोलता है चूंडा बोलता है कि ये रिश्ता तो हम चूंडा को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो आपके लिए नहीं ये तो चूंडा के लिए हम रिश्ता लेके आए हैं ठीक है तो वो पुरोहित कह पुरोहित को चूंडा जी कहते हैं कि नहीं अब आपकी जो राजकुमारी है उसका विवाह तो अगर करना है तो मैं विवाह नहीं करूँगा राणा लाखा जो मेरे पिता हैं आप उनके साथ कर दीजिए ठीक है वो बाहर आते हैं फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा संभव है वो कहते हैं कि ठीक है वो वापस जाते हैं ठीक है वो वापस पुरोहित जी जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम आपकी आपके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर देंगे लेकिन उसकी एक शर्त है अगर इन दोनों का विवाह होगा राणा लाखा का और हंसाबाई का अगर विवाह होता है तो उनके जो पुत्र पैदा होगा उनकी जो संतान होगी वो ही अगली मतलब जो राजा बनेगी राणा बनेगी ठीक है तो वो उसको भी क्या कर लेते हैं रा जो चूंडा है जो राणा चूंडा है वो क्या कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं ठीक है आप इसका भी हम मान लेते हैं आप अगर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देते हैं तो हम राणा चूंडा बोलते हैं कि ठीक है मैं त्याग देता हूँ मैं राज्य प्राप्त नहीं करूँगा जो इनकी संतान होगी वो क्या होगी आगे जो होगी मतलब राणा बनेगी मतलब मेन जो चित्तौड़ है उनको मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार क्या होता है कि राणा लाखा का विवाह हो जाता है हंसाबाई से और यहाँ पे शर्त क्या है कि राणा चूडा को जो चूडा है उसको मतलब अधिक वो नहीं मिलेगा राज्य नहीं मिलेगा लेकिन क्या होता है इसी कारण इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है ये प्रतिज्ञा लेते हैं देखो पेपर में आता है कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था आपको एक कहानी पता होगी कि महाभारत की कहानी है हस्तिनापुर के एक राजा थे शांतनु और उनको बुजुर्ग अवस्था में क्या हो गया था एक जो स्त्री थी जो राजकुमारी थी उनका मतलब एक सत्यवती उनसे क्या हो गया था प्रेम हो गया था उससे विवाह करना चाहते थे जब सत्यवती के पिताजी आते हैं उनके पास उनके दरबार में आते हैं शांतनु के दरबार के पास दरबार में आते हैं तो क्या होता है कि देवव्रत जो शांतनु जी का मतलब जो युवराज होता है बेटा होता है देवव्रत देवव्रत को ही भीष्म पितामह कहा गया है ठीक है देवव्रत से पूछते हैं कि अगर इन दोनों का विवाह होता है शांतनु राजा शांतनु और मेरी बेटी सत्यवती का विवाह होता है तो राजा कौन बनेगा राजा तो उसके बाद में आप बनेंगे तो मेरी बेटी का क्या तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं आपके जो इनसे सत्यवती से और अगर शांतनुब मेरे पिता से अगर जो बच्चे होंगे जो मेरे सुताले सुतेले भाई बहन होंगे वो ही जो बनेंगे आगे शासक बनेंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं मैं आज से विवाह नहीं करूंगा और मैं अपने राज्य को त्यागता हूं तो इसीलिए जो भीष्म उनको आगे चल क्या कहा गया भीष्म पितामा कहा गया इसी कारण इनको जो राणा चूंडा है इन्होंने क्या किया था राज्य को त्याग दिया था ठीक है तो अपने पिता के लिए इसीलिए इनको क्या कहा जाता है मेवाड़ का क्या कहा जाता है भीष्म कहा जाता है इन्होंने सिर्फ राज्य त्यागा था ऐसा नहीं कि विवाह नहीं इन्होंने आगे विवाह किया था इनकी आगे जो जो वंश चलता है उनको चूंडावत बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको चूंडावत ठीक है अब देखिए राणा जो चूडा है चूड़ा है उन्होंने अपना राज्य जो त्याग तो दिया ठीक है राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह भी हो गया लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक तरह से नाइंसाफी की बात हुई अगर इनको चित्तौड़ नहीं मिल रहा तो उनको कुछ मंत्रियों ने सब ने एक निर्णय लिया कि अगर राणा चूड़ा अगर गद्दी पर नहीं बैठते हैं मेवाड़ की तो इनको ऐसा तो कुछ करना चाहिए कि ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो एक तरह से उनके सम्मान के लिए हो क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्या दिया है त्याग किया है ठीक है तो उनके लिए उनको कुछ तो ऐसा होना चाहिए तो इनको क्या हुआ देखिए ये मेवाड़ की रियासत है यहाँ पर देखिए चित्तौड़ सबसे बड़ा है ठीक है अब चित्तौड़ के आसपास सारे छोटे छोटे गांव होते हैं ठीक है अब गांव में जो उनको क्या कहा जाता है सामंत तो अब देखिए इन ये क्या बोलते जो गाँवों को उस समय क्या बोला था जागीर भी बोला जाता था तो जागीर के सामंत होते थे आपने सुना होगा जागीर दी जाती थी तो सबसे बड़ी जो जागीर थी सबसे बड़ी जागीर उस समय जो मेवाड़ की थी वो थी सलूम्बर कौन सी थी सलूंबर ठीक है वो अब किसको दी जाती है चूंडा को दी जाती है ठीक है अब यहां पर एक चीज और की जाती है आगे हम पढ़ेंगे सलूबर का बहुत बहुत महत्व है नाम, इसका नाम आप याद रखिएगा सलूंबर के जो सामंत होंगे अब क्या इनको अधिकार दिया गया कि अब देखो इनको राज्य तो नहीं मिला राणा चूंडा को कि इनको एक अधिकार दिया गया कि अब जो भी मेवाड़ का राजा बनेगा उसका तिलक कौन करेंगे सलूम्बर सलूम्बर के सामंत मतलब चूंडा के जो वंशज होंगे आगे वही इसका तिलक करेंगे आगे ठीक है और इनको जितने भी राज्य के पत्र वगैरह होंगे उस पर राजा के हस्ताक्षर तो होंगे ही ठीक है मेवाड़ के राजा के हस्ताक्षर होंगे ही लेकिन सलूम्बर की जागीर का जो सामंत होगा ठीक है अब सलूम्बर का किसके पास है चूंडावत जो चूंडा के वंशज हैं ठीक है तो सलूम्बर के जो जागीर जागीरदार होंगे वो भी क्या करेंगे हस्ताक्षर करेंगे पहला तो दे दिया तिलक का तिलक मतलब जो तिलक करेंगे मतलब जो भी राजा बनेगा राजा चुनने का अधिकार किनको दे दिया गया देखो बहुत अच्छा अगर राज्य नहीं मिल रहा तो राजा चुनने का अधिकार राजा को कौन डिसाइड करेगा कि कौन मेवाड़ का राजा बनेगा तो सलूम्बर के जागीरदार है ना वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा राजा आगे ठीक है समझ गए तो यहाँ पर इनको हस्ताक्षर करने का भी अधिकार दे दिया गया और अगर राणा राजधानी में नहीं है मेवाड़ का राणा राजधानी में नहीं है तो सलूम्बर के सलूम्बर के जागीर उसमें उसको संभालेंगे तो इतनी सारी फैसिलिटियाँ दे दी इनको जब राणा चुंडा के जो वंशज थे या राणा चुंडा को उस समय इतना दिया जाता है ठीक है ये सलूंबर का हमारे समय में एक देखिए अगर हम महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उस समय सलूंबर के जो जागीरदार होते हैं महाराणा प्रताप को वो कर देते हैं मतलब राज्य राज्य दे देते हैं मतलब उसका उनका राजतिलक कर देते हैं आगे हम पढ़ेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे इसको अभी तक रहने दीजिए इतना ही तो ठीक है तो ध्यान दीजिए जो सलूम्बर के जो है सा, जो सामंत है जो जागीर उनको मिली है सलूम्बर के जो लोग हैं वो हैं चूंडावत चूंडावत मतलब चूंडा के वंश चूंडावत के लायक ठीक है अब राणा चूंडा को जो सलूम्बर मिल गया है इस समय ठीक है आपको समझ में आ गया इतना यहाँ पर ये यह सब चीजें हो गई आगे बढ़िए अब देखिए हंसाबाई का जो विवाह हुआ था राणा लाखा से अब उसके बाद में राणा लाखा का और राणा सॉरी हंसाबाई राणा लाखा और हंसाबाई राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन बनता है मोकल मोकल होता है वो शासक बनता है आगे ठीक है आगे राणा राणालाका के बाद में मोकल बनता है जो राणा राणालाका और हंसाबाई का पुत्र है ठीक है अब देखिए इसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कंटिन्यू करेंगे अब तक के लिए धन्यवाद आगे मिलते हैं